टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने साइंस चैप्टर का फिर से एक टॉपिक लेकर के आया हूं। जो कि है वर्क पावर मतलब कार सबसे पहले हम देखेंगे कार्य के बारे में कार्य क्या चीज है मतलब वार का जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में गति करने के लिए कुछ दूरी तय करती है तब बल और बल के द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं मतलब W बराबर F इंटू एफ अब हमारा W क्या हो गया कार्य हो गया तो हमारा हो जाएगा कार बराबर कार बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन ये तुम्हारा कार हो गया अब इसके बाद में हम देखेंगे W बराबर हमने आपको बता दिया है किया गया F बराबर बल, S बराबर बल बल S की दिशा में में विस्थापन विस्थापन अब इसके बाद में जब वस्तु की विस्थापन या दिशा ठीक होगी तब हम क्या लगाएंगे W बराबर F इंटू एस एफ इंटू एस कौ ठीटा उसका एक कोण भी मालूम होगा तब हम बल बराबर W बराबर F s cos एसा लगाएंगे जहां पर वस्तु का विस्थापन यदि बल की दिशा में कोण बनाते हुए s दूरी तय करेगा तो बल की दिशा विस्थापन हमारी cos ठीटा कहलाती है यह तो हमारा हो गया कार नेक्स्ट है हमारा कार्य की गुद्ध इकाईयां। कौन सी का यहां है पहला है एक ग्राम सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर बराबर नाइन एट वन अर्थ यह क्या है सीजीएस सिस्टम में अब नेक्स्ट हमारा है एक फुट पाउंड एक फुट पाउंड बराबर होता है बयासी दशमलव दो नेक्स्ट हमारा है एक किलोमीटर वन किलोग्राम मीटर बराबर नाइन पॉइंट एट वन जू ये तो गए जो है हमारे कार की कुर्ती इकाइयां जो यूनिट्स हैं अब हम देखेंगे कि कार की व्यवहारिक इकाइया कौन कौन सी है कार्य की व्यवहारिक इकाया एक वार्ट घंटा बराबर छत्तीस जूल नेक्स्ट हमारा एक किलोवाट घंटा बराबर एक किलोवाट घंटा बराबर हमारा हो जाएगा थ्री सिक्स जीरो छत्तीस सौ थ्री टाइम जीरो जू ये तो हमारी हो गई व्यवहारिक कहानियां अब हम देखेंगे एफ पी और एमके एस ये होगा प्रणाली अब ये हो गया हमारा संबंध सबसे पहले है हमारा प्रणाली एफ CGS, MKS सी डी तथा एस SI. अब इसकी यूनिट क्या होगी फुट पाउंड सी में यूनिट क्या होगी आई MKS में क्या होगी न्यूटन मीटर एसआई में क्या होगी न्यूटन मीटर या जूल सेम जूल या न्यूटन मीटर अब व्यवहारिक इकाइयां है क्या हैं हमारी फुट पाउंड ग्राम सेंटीमीटर क्यू बटे सेंटीमीटर स्क्वायर एमके में क्या होगी किलोग्राम स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर इसमें संबंध क्या होगी इसमें एक जूल बराबर एक न्यूटन इंटू एक मीटर इसके बाद इसमें होगा 10 की पावर फाइव डाइन इसमें होगा 10 की पावर सेवन आर नेक्स्ट इसका होगा एक फुट पाउंड बराबर वन पॉइंट थ्री एट टू तो आज हमने क्या पढ़ा? के बारे में और कार की गुणती वृत्ति और कार की व्यवहारिक अब हम व्यवहारिकॉप में पढ़ेंगे इकाइयों से संबंध परिभाषाएं तो आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूंगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो